ओ हेलो हम स्टोरी लगाते हैं तो ये भी देखते हैं कि कौन कौन उस स्टोरी को देख रहा है तुम हर बार मेरी स्टोरी देखते हो पर आज तक कभी मैसेज नहीं किया अब तुम मेरे फैन हो तो वो अलग बात है पर अगर दोस्त बनना चाहो तो आज मैसेज कर सकते